बच्चा केवल कुछ जन्मजात सजावट के साथ पैदा होता है बच्चा कुछ परिपक्व या केवल केवल कुछ नवजात सजावट के साथ पैदा होता है लेकिन लेकिन जल्दी परिपक्व होता है और बदल जाता है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बोलूँ जन्म के समय नर और माता का वजन लगभग सब लोग लाइव क्लास से जुड़ जाए हैं जो कि बीच में इंटरनेट की, की तकलीफ के कारण हमें दोबारा से क्लास को जोड़ना पड़ रहा है एक बार आवाज़ चेक कर लेना बच्चों कि आवाज़ आ रही कि नहीं ठीक है और एक बार कमेंट कर दो तो। देखने वालों वाल की संख्या केवल पाँच लाइक किए हैं तीन और बैठे हुए हैं बारह हो गया सात तो हो गए देख रहा हूँ मैं सारे आगे तीसरे पॉइंट में क्या लगभग इतना लिख काउंट करते हैं करते है? उसका आ गया? एक लाइन छोड़ के लिखो आगे जो नॉर्मल वजन होती है वो वो यानी कि सवा सवा दो किलो वजन वजन जो होता है वो है इससे, इससे है नॉर्मल माना जाता उससे उससे ज़्यादा होती तो ओवर कहा जाता है कम है तो लो वजन बोलेंगे ठीक है बताया थे ना तो वही इसमें भी है हाँ, लगभग है? लाइन छोड़ दो ना बाद में लिख देना कोई बात नहीं जन्म के समय नर और मादा का वजन लगभग टू पॉइंट टू फाइव के होता है जो नॉर्मल माना जाता है इसका आप लोग लिखने के बाद ये दिमाग में ध्यान रखना कि नॉर्मल वजन यही होता है ठीक है ना और औसत और औसत उन्नीस इंच में लिखो ब्रेकेट में लिखिए आप लोग लगभग यह लगभग एक यह लगभग एक गैलन एक गैलन यह लगभग एक गैलन दूध का वजन दूध का वजन और कोहनी से उंगलियों तक की लंबाई है समझ गए कि नहीं ब्रेकट को कर लो बंद आगे लिखिए नर नहीं इसी में लिख लो नहीं पॉइंट बना लो कोई बात नहीं नर जो है नर जन्म नर जन्म के समय महिलाओं की तुलना में महिलाओं की तुलना में थोड़े भारी और बड़े होते हैं हो गया फुल स्टॉक लिखिए जीवन के पहले आगे लिखिए जीवन, बोलू आगे देखने वालों की संख्या हो गई फिर आठ तेरह से आठ हो गई मार्केट की तरह हमारे जो है चालू करो मार्केट को फटाफट रखा हुआ है। छह तो लोग हो गए जल्दी कमेंट करो फिर आगे छह लोग सिक्स हो पढ़ाओ टोटल तो मार्केट बहुत जल्दी गिरा दिए बताओ ये गलत बात है ना चल तो रहा है देखो सही घूर के पाँच से सात हो गई मार्केट छह लोगों ने लाइक किया और देखने वालों की संख्या से हुई है जल्दी लाइक कमेंट कर लो फिर आगे पढ़ाएं नहीं तो रोक रखेंगे तो देर तक हो गया आगे लिखो जीवन के पहले दो वर्षों के दौरान शारीरिक विकास तेजी से होता है सेंसरी सेंसरी और एंड मोटर डेवलपमेंट हिंदी बोल, गया। गया। बोल देता हूँ इंग्लिश लिख देता हूं ठीक है ना संवेदी और मोटर कौशल विकास संवेदी सेंसरी मतलब क्या होता है हाँ सेंसरी इंग्लिश में सेंसरी एंड मोटर स्किल्स डेवलपमेंट संवेदी और गामक कौशलों का विकास हो गया अब इसमें लिखिए नवजात शिशुओं के नवजात नवजात शिशुओं शिशुओं के के सभी पांच इंद्रियां होती हैं आपके छह होते हैं आठ सबके पास ही होता है मैंने सोचा छोटे बच्चों का एक ही वाला है पांच फालतू लिखो नवजात अपने चेहरे कौमा आपकी आवाज कौमा आपकी आवाज जल्द से पहचान लेते हैं जल्दी से पहचान क्या लिखा जल्दी से पहचान हो गया आगे लिखिए आपके नवजात शिशु के स्पर्श की भावना आपके नवजात शिशु के स्पर्श की भावना विशेष विशेष रूप रूप से, रूप से मुंह के आसपास विकसित होती है, विशेष रूप से मुंह के आसपास विकसित होती है आपके शिशु को भी शिशु को भी सूंघने की शक्ति तेजी होती है को भी सूंघने की शक्ति तेजी से होती है नीचे वाले लाइन से लिखिए कुछ दिनों के बाद नीचे वाले लाइन से लिखिए कुछ दिनों के बाद नवजात शिशु काफ़ी अच्छी तरह से सुनता है और काफ़ी अच्छी तरह से सुनता है और तेज़ आवाज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है शीशू, शीशू, मीठा स्वाद पहचानता है क्योंकि उनको अगर नींबू चटा दो तो बहुत मुंह बनाते हैं कि नहीं बोलो हाँ छोटे बच्चे को कभी नींबू चटाया नींबू का एक ड्रॉप डाल दो फिर मुंह बनाएंगे हाँ बंद करके तो तो अरे फीलिंग की बात होती है कि उसको सेंस है कि नहीं खट्टे हैं या मीठा क्या लिखा शिसु मीठा स्वाद पहचानता है आगे लिखो और पसंद करता है तभी तो उसकी मम्मी बोतल में दूध लगा के दे देगी वो चुपचाप पीता रहेगा चिल्लाएगा कि नहीं रोते भी हैं बच्चे खैर कोई ना रोने दो पसंद करता है जो खट्टा कौम कड़वा या नमकीन होता है जो खट्टा कौमा कड़वा या नमकीन होता है उसका सेंस उसका सेंस सेंस को क्या बोलते हैं हाँ मतलब फीलिंग सेंस उतनी ही तेज़ी से विकसित हो रही होती है यानी कि अगर बच्चा कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसकी सेंस जो है उतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितनी चाहिए हो गया हो रही होती है लेकिन आगे लिखिए लेकिन इंद्रियों में लेकिन इंद्रियों में अगर इस प्रकार का प्रतिपुष्टि नहीं करता है ब्रेकेट में नहीं करता है ब्रेकेट में खट्टा खिलाने पे मुंह का एक एक्सप्रेशन कैसा होता है खट्टा खाने में ऐसे होते ना बच्चे चिड़ से जावे आँख बंद कर ले इस तरह से उनका जो रिएक्शन होता है अगर वो ऐसा रिएक्शन नहीं करता है तो उसको ये समझो कि आप लोग सेंस कम काम कर रहे हैं ठीक है ना क्या लिखा अगर इस तरह से रिएक्शन नहीं करता है तो इंद्रियां कमज़ोर माना जाता है इंद्रियों को कमजोर माना जाता है या माना जा सकता है हो गया आगे लिखिए क्या हुआ है तो बहुत आगे लिखिए सहसवा अवस्था कर रहे हैं चलो लिखो सहसवावस्था लिखो आगे लिखो ना इसी में नीचे वे लाइन से सैसवा अवस्था में अनुभूति धारणा कॉमा मोटर गतिविधियाँ कॉमा भावना कॉमा सामा, सामाजिकता और भाषा के क्षेत्रों में विकास शामिल है नीचे वाले लाइन से लिखिए सैसवा अवस्था आगे लिखना है सैसवा अवस्था की शुरुआत में शिशु सैसवा अवस्था की शुरुआत में शिशु मानव चेहरों को पहचान सकते हैं और उसके बाद वे और उसके बाद वे ज्ञात और अज्ञात चेहरों के बीच अंतर कर सकते हैं और अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं नेक्स्ट रेडिंग लिखिए दो और बच रही है थोड़ा थोड़ा लिखवा दे कंप्लीट कर दो सामाजिक और भावनात्मक विकास सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट दूसरी हेडिंग लिखिए सामाजिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास इंग्लिश होगी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट देखिए आप लोगों ने सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट यानी किसकी कीमती क्या होगी सामाजिक और लगभग दो महीनों के शिशु लगभग दो महीनों दो महीने के शिशु मानवीय मानवीय यानी कि मानव, ह्यूमन शिशु मानवीय चेहरों की प्रतिक्रिया में चेहरों की प्रतिक्रिया में सामाजिक मुस्कान का प्रदर्शन करते हैं जब वे चार महीने के होते हैं तब वे हैं तो तब वे हँसते हैं तो और छ महीने तक और छ महीने तक का क्रोध कोमा दुख और आश्चर्य क्रोध और आश्चर्य व्यक्त करते हैं जब उनके माता पिता आगे लिखो जब उनके माता पिता या देखभाल करने वाले या देखभाल करने वाले उन्हें छोड़ देते हैं उन्हें छोड़ देते हैं उनकी जरूरत पूरी ना होने पर उनकी जरूरतें पूरी ना होने पर वे क्रोध क्रोध व्यक्त करते हैं इस प्रकार सामाजिक और भावनात्मक विकास सामाजिक और भावनात्मक विकास सैसवा अवस्था से लेकर बचपन सैसवा अवस्था से लेकर बचपन तक की शुरू हो जाती है फुल स्टॉप आगे लिखिए बच्चे बच्चे अपने बच्चे अपने विश्वास विश्वास विश्वास भय भय आत्म आत्म आत्म विश्वास हो गया कौम प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं करना शुरू कर देते हैं शॉर्ट कर रहे हैं फिर भी मुंह बना रहे हैं आप लोग शॉर्ट कर दिया बहुत सारी चीजें इस अवधि के दौरान जब बच्चे जब बच्चे अपने देखभाल करने वालों अपने देखभाल करने वालों माता पिता से जुड़े होते हैं और माता पिता से जुड़े होते हैं और अन्य भाई बहन आदि आदि इसलिए बच्चों को उनसे अलग होने की होने पर अलगाव की चिंता विकसित होती है यह नौ महीने की क्या हुआ हाथ में दर्द तो हो गया इसलिए बच्चे इसलिए बच्चे ने बच्चों को उनके अलग होने उनसे अलग होने पर अलगाव की चिंता विकसित होती है पास लिखो छोटे बच्चे नहीं हों नौ महीने की उम्र में प्रकट होती है यह नौ... नौ महीने की उम्र से उम्र में प्रकट होती है उम्र में प्रकट की बात हो रही नाइन मंथ्स। आगे लिखिए संज्ञानात्मक विकास लास्ट पॉइंट। पॉइंटिंग लिखिए लास्ट है आज की क्लास का लास्ट संज्ञानात्मक विकास तो पढ़ा है दूसरे गुस्सा कर रहे हैं बढ़िया है, अभी बैठे रहिए संज्ञानात्मक विकास नहीं नहीं चल चल रही है तो तरह से छोटे बच्चे घंटे में इतने संज्ञानात्मक विकास लिखिए लिखी संज्ञान बताओ बता जल्दी हो, जा। हो जाओ क्यों आपको बताओ क्या किससे पूछना किससे नहीं कड़ी हो जाओ संज्ञानात्मक विकास किससे कहते हैं जल्दी बताओ तुम खड़ी हो जाओ संज्ञा विकास तो किसे कहते हैं बताओ पहले खड़े हो जाओ ना क्यों बैक कर रही है बैक कर रही तो देखने लग रही है क्वेश्चन डेफिनेशन तो नहीं कुछ पढ़ा संज्ञा ना विकास किसे कहते है जिसमे एक एक करके बता चलो तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ जाए खड़े हो जाओ क्या होती है संज्ञान विकास तुम खड़े हो जाओ संज्ञा विकास के बारे में बताओ तो तो तो आप सपोज करो कि बच्चे को वन टू फाइव काउंटिंग सिखा रहे हो तो उसमें संज्ञान विकास होगी या नहीं होगी होगी और किस प्रकार से होगी ये भी बताइए तुम्हारा क्या विचार है भैया खड़े हो जाओ बैठ जाओ क्यों खड़े रहो बताओ शिवानी कुछ पढ़ी है नहीं पढ़ी बैठ जाओ तुम खड़े हो जाओ बोलो संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा मुझे बताइए आप लोग संज्ञान आपको तो पूरा उदाहरण ला विकास के क्या उदाहरण हैं? से कहते हैं। फिर तो तो तो पूछा क्यों नहीं आज तक? आप बताओ, खड़े हो जाओ। संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है? ये बताइए शांत रहो ना नंबर आपका खत्म आप बताइए हाँ कोई बात नहीं जो आपको समझ आया वही बताइए क्या क्या मतलब उसमें होता होता है है आगे ठीक है फर्स्ट लाइन सब बैठ जाओ हाँ प्रवा खड़ी हो जाओ संज्ञानात्मक विकास क्या होता है उसके बारे में बताइए मुझे हाँ खड़ी हो जाओ आप, आप बताओ ठीक है मू खड़े हो जा जल्दी क्या होता है संज्ञान विकास तीनों रट्टा माले एक ही तीस में तीनों आगे तुम खड़े हो जाओ हैं नहीं पता बैठ जाओ जीतेश खड़ा हो जा खड़े रहो आप लोग लड़ने को तैयार हो जाए हर दो सेकंड <laughs> खड़े हो जाओ ठीक है बैठ जाओ खड़ा हो जाओ तुरंत लड़ने को तैयार हो जाए ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है कि जो बता नहीं पाया उसको खड़ा कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है हम तो पूछ रहे हैं आच, आपके अच्छाई के लिए तो पूछ रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है हम पढ़ा के चले जाए संज्ञानात्मक विकास किससे कहते हैं उसका उदाहरण आप मुझे बताए हाँ, तुम खड़े हो जाओ हैं क्या नहीं पहले उसकी परिभाषा बता दो जो आप जान रहे हो अच्छा यहाँ सुना है आगे सुमित तुम खड़े हो जाओ सुमित खड़ा हो जाओ संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है एक्चुअल बताइए परिभाषा नहीं जानना है होता क्या है संज्ञानात्मक विकास हम किसे कह सकते हैं ये बताइए आप मुझे गुड हाँ? सबसे अच्छा आप बताएं तो बैठ जा पीछे खड़ा हो जा कौन है ये अरविंद हाँ भैया तुम बताओ बोलो अपना नाम बताओ कह रहा क्या आप ये बताइए कि संज्ञानात्मक विकास के जैसा कि इसने सब बोली दिया तो आप भी कुछ बता दो उसकी परिभाषा बता दो बैठ जाओ हमने थोड़ी समय पहले शुरू में क्लास चले थी उधर तो इमोशनल फिजिकल सोशल ये सारी चीजें पढ़ा दिया था इमोशनल का, जो कॉग्निटिव चीज़ेंटिप होती है जीन क्या कहते हैं जो बच्चे का नाम बताओ चारों दूसरा ऑपरेशन है चौथा ठीक है उन्होंने इस सारे स्टेजों में ये बताया कि बच्चे का इस एज में इस चीज का डेवलपमेंट होना है संज्ञानात्मक थ्यूरी किसने दिया संज्ञानात्मक मतलब जो बच्चा सोच सके उसके बारे में जब भी आपको हम लोग तो आते हैं मॉर्निंग में जब भी ये लोग क्लास नहीं आते आप क्वेश्चन कर लिया करो ना बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना एक चीज जब भी आपको एक बार नहीं दो बार में जितने बारे में समझ आए उतने बारे में पूछ लो हाँ सेपरेट क्लास नहीं अभी लास्ट है ना इसको खत्म कर दो उसके बाद अगला 2.3 कल पढ़ाएंगे ना हाँ इसमें लिखिए सहसवावस्था के दौरान सहसवा अवस्था के दौरान बच्चे भाषा कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं बच्चे भाषा कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं शिशु आगे लिखिए शिशु गड़गड़ाहट क्राइंग, क्राइंग मतलब क्राइम नहीं क्राइम की बात नहीं आ, की बात नहीं चल रही है क्राइम चिल्लाना हो गया ना आदि विभिन्न आवाजों विभिन्न आवाज़ों उनकी अपनी उनकी अपनी बुद्धि व्यक्त करते हैं वे अपने हाथों और पैरों का निरीक्षण करते हैं वे अपने हाथों और पैरों का निरीक्षण करते हैं आगे लिखे धीरे धीरे वे धीरे धीरे अपने कार्यों और बाहरी दुनिया के बीच संबंध सीखते हैं बाहरी दुनिया में मतलब क्या है समाज में जैसे मान लो कोई रिलेशन आया है उसके साथ भी वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अभी तो है नहीं छह महीने एक साल का बच्चा है तो उसको बाहर घुमाने ले जाएंगे और ज्यादा छोड़ नहीं सकते बिना किसी संरक्षण में सीखते हैं हो गया वे प्रभाव, वे प्रभाव प्रभाव आगे लिखिए उत्पन्न करने के लिए विभिन्न वस्तुओं में हेर फेर कर सकते हैं वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विभिन्न वस्तुओं में हेर फेर कर सकते हैं वे अपनी आँखों को विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न वस्तुओं और लोगों पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और लोगों पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं हो गया सब कुछ सब कुछ वस्तुएं या सामग्री पर मुंह लगाते हैं हाथ कोई भी सामान दे दो तो क्या करते हैं वो मुंह पे ही लगाना कोशिश करते हैं ना मुंह पर टच करने कोशिश करते हैं खा के देखते हैं या टच करके देखते हैं उनको हर चीज मुंह से लगाते हैं सामग्री को मुंह से लगाते हैं हो गया लिख लिया आगे लिए महीने के अंत में महीने के अंत में या उसके आसपास, पास वस्तु वस्तुस्थायित्व का प्रदर्शन करते हैं बचपन की अवस्था आगे लिखिए बचपन की अवस्था पूरा नहीं हुआ शिशु वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शन करते हैं हो गया अस्थायित्व का प्रदर्शन करते हैं हो गया बचपन की अवस्था में नीचे वाला से लिखिए बचपन की अवस्था में मम्मी कौमा पापा जैसी आवाजें निकालना सीख जाते हैं और अन्य गतिविधियों की नकल करने की कोशिश करते हैं बालक सभी की सोच विचार और समझ प्रत्येक व्यक्ति का भावनात्मक समझना क्या, लिख क्या, क्या क्या लिखी है, की भावना अदल अदल होती है तो आपने। हाँ तो यही तो लिखवाना है उसको पीछे बोल दो भावनाए या भाव भाव की बात एक्सप्रेशन है अपने एक्सप्रेशन अलग अलग जैसे हमेशा अलग अलग तरह से सोचते हैं अलग अलग लोग इतना है लेकिन उसको तुषार को देखने लगा लिख नहीं रहा था तुलना में विकास तेजी से होता है है। आप लोगों तो को ये पढ़ा है उर्दू में सभी लोग कमेंट कर दीजिए लड़ाई मत करो यूनिट टू यूनिट 2.2 कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग बिना सोचे समझे मतलब बिना हिचकिचाए आप आंसर लिख सकते हो सोच समझ के तो बोलना पड़ेगा पर जो है हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमें नहीं आ रहा या इस तरह से कोई भी बिहेवियर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है आ, कल हम पूछ लेंगे ठीक है ठीक है पूछ लियो कल तुम तो लोग पूछते ही नहीं हो। नहीं हो फिर भी एक बार पढ़ लिया करो चलिए लाइव क्लास में बंद कर देता हूँ और वाई